हेलो एंड वेलकम टू माई चैनल आज मैं आपको बना बनाना बताऊंगी बहुत ही आसान सिम्पल ब्रेड क्रम्स बनाना ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए हमें चाहिए ये ब्रेड के आप ब्रेड के स्लाइसिस भी ले सकते हैं मगर मैंने यहाँ पे ब्रेड के जो साइड वाले हो साइड वाले पीसीज होते हैं वो मैंने लिए हैं जो सैंडविचेस बनाते हैं हम बच्चों के लिए अक्सर बनाते हैं तो उनको ये साइड वाली साइड वाले ब्राउन जो हैं ये पार्ट अच्छा नहीं लगता तो ये हम काट के अलग रख देते हैं तो ये मैं जमा करके एक कंटेनर में रखती हूँ तो यहाँ पे जब यहाँ पे आ, हमारे फ्लैट में धूप नहीं लगती तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं ये सारे जमा करके ओपन ही इसको बंद करके नहीं ओपन ही इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ तो तकरीबन तीन से चार दिन में ये ऐसे करके क्रिस बन जाते हैं तो इससे हम बहुत ही सिंपल और इजी और दो मिनट में बनने वाला ब्रेड बनने वाले ब्रेड क्रम्स हम इससे बना सकते हैं तो लेट्स गेट स्टार्टेड कि ये कैसे हम बनाएंगे? सिंपल हम इसको एक चॉपर में डालेंगे जो कीमे वाला चॉपर या फिर ऐसे ऐसे टाइप चॉपर होता है हम इसमें डालेंगे ये अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मशीन का जो ग्राइंडर होता है ऐसे वाला मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे वाला जो ग्राइंडर होता है जिसमें हम मसाला पीसते हैं आप उसमें भी बना सकते हैं और अगर ऐसे भी नहीं बनाना चाहें तो आप फिर सिंपल हावन दस्ते में ऐसे कोट भी बना सकते हैं मैं इसे चॉपर में डाल रही हूँ चॉपर में डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह चलाएंगे। हमने चॉपर में डालकर इसे चलाया और ये देखें ये हमारे ब्रेड क्रम्च तैयार हो गए इसमें अभी भी ये थोड़े बड़े पीसीस हैं तो हम ऐसा करेंगे कि इसको एक मोटे सुराख वाली छन्नी से छान लेंगे हम इसे एक छनी लेंगे और इसमें ये ब्रेड क्रम्स डालेंगे और इसको ऐसे करके छान लेंगे ताकि ये जो बड़े पीसीस हैं ये इसे बाहर रह जाए ये ऐसे करके हमने सारा छान लिया है ये हमारे ब्रेड क्रम्स बन गए हैं ये थोड़े मोटे पीसीस रह गए हैं तो हम ये इसमें फिर से डालकर, फिर से चॉपर को चलाएंगे। ये हमारे ब्रेड क्रम्स बन के तैयार हो गए हैं आप देख सकते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे बाज़ार में मिलते हैं इसको स्टोर करने के लिए आप सिंपली इसे एयर टाइट डब्बे में बंद करके फ्रीज़र में फ्रिज में आप रख सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो आप इसे फ्रीज़र में रख सकते हैं एयर टाइट डब्बे में और अगर नॉर्मल मौसम हो या फिर आजकल जो सर्दियों का मौसम चल रहा है तो आप इसे फ्रिज में एयर टाइट डब्बे में डालकर रख सकते हैं ये तकरीब दो हफ़्तों तक ख़राब नहीं होंगे ये हमारे तैयार हो गए हैं ब्रेड क्रम्स उम्मीद है आपको पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब टू और चैनल अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ़ Caught in the crossfire. <laughs> <laughs>